एक बात हमारी याद रखना अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है जबकि कुरान का सच एक बात और याद रखना हज़रत अली ने फरमाया खूबसूरती एक न्यामत है लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़बान है सबसे बड़ी खूबसूरत आपकी ज़बान है आज मैं आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें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 एक बात हमारी याद रखना अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है जबकि कुरान का सच मुफ्त में है लेकिन फिर भी इंसान नहीं पढ़ता बात हमारी याद रखना जिंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं है जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है एक बात और याद रखना सिर्फ शराब पीना हराम नहीं है हराम कमाई से ख़रीदे गए साफ पानी पीना भी हराम है एक बात और याद रखना हज़रत अली ने फरमाया खूबसूरती एक न्यामत है लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़बान है सबसे बड़ी खूबसूरत आपकी ज़बान है चाहे तो दिल जीत ले चाहे तो दिल तोड़ दे एक बात और याद रखना जब अकल आती है तो शादी हो जाती है मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं आराम का वक्त आता है तो बीमारियाँ घेर लेती हैं जब ज़िंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है एक बात और याद रखना तौबा माजी को बदल देती है तौबा माजी को बदल देती है शुक्र हाल को बदल देता है सबक मुस्तकबिल को बदल देता है एक बात याद रखना हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं ज़मीन और सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ होते हैं बात हमारी याद रख एक बात हमारी याद, बात हमारी याद रखना आजकल तमाम अच्छी बातें हमदर्दियाँ सच्ची मोहब्बत और इंसानियत सोशल मीडिया पर तो मौजूद है लेकिन इंसानों के किरदार में बिल्कुल भी नहीं एक बात याद रखना हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां लोग ड्रामे देखकर लोग रोते हैं उनके आंसू निकलते हैं और हकीकत देख के कहते हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं एक बात हमारी याद रखना एक यहूदी ने हज़रत आली से कहा तुम्हारा अल्लाह नजर क्यों नहीं आता हज़रत अली ने कहा तुम सूरज को ग़ौर से देखो सूरज की तरफ गौर से देखो उसने कहा मैं उसको नहीं देख सकता हजरत अली ने फरमाया जब तुम सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकते बात हमारी याद रखना बेटी और दरख्त बेटी और पेड़ दोनों का घर में होना ज़रूरी है बेटी और पेड़ दोनों का होना घर में ज़रूरी है क्योंकि पेड़ हमेशा धूप में साया देता और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है एक बात और याद रखना हजरत अली ने फरमाया जो शख्स तुम्हारे खून में ना हो जो शख्स तुम्हारे खून में ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है एक बात और याद रखना सुकून चाहते हो तो मकानों पे नहीं इंसानों पर खर्च करो एक बात याद रखना आंखें दुनिया की तमाम मासूमियत अपने अंदर समेट लेती हैं आँखें दुनिया की तमाम मासूमियत अपने अंदर समेट लेती हैं जब रोती हैं तो दिलों को हिला देती हैं और जब बंद होती हैं आँखें तो दुनिया को रुला देती एक बात हमारी याद रखना सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए हमें शर्म आए और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो एक बात और याद रखना नसीब कैसा भी हो नसीब हमारा कैसा भी हो मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है एक बात और याद रखना दिल में खोट तो तो हो तो दुआ अता और मोहब्बत दिल में खोट हो तो दुआ अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं तीनों चीज़ें रास्ता बदल लेती हैं जब बंदा मुखलस हो तो इज्जत मेरा रब देता एक बात और याद रखना मरने के बाद जितनी ज़मीन एक बादशाह के पास होगी उतनी ही ज़मीन एक फ़ीर आदमी के पास होगी एक बात और याद रखना लोग पूछते हैं ज़िंदगी क्या है मेरे भाई याद रखना मासूम बचपन गुमराह जवानी मोहताज बुढ़ापा बेरहम मौत बस यही मेरे भाई ज़िंदगी है एक बात और याद रखना दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है जो ज़मीन में नहीं उगता बल्कि लोगों के दिलों में उगता एक बात और याद रखना चार गलतियों से अपने आप को बचाओ चार गलतियों से बचो शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो मक्कार को अक्लमंद मत समझो कातिल को बहादुर मत समझो मालदार को बड़ा आदमी मत समझो एक बात हमारी याद रखना हमारे लिए टाइम कितना कीमती है एक साल की अहमियत जानना चाहते हो तो मेरे भाई उससे पूछो जो इम्तहान में एक बार फेल हुआ हो एक महीने की अहमियत जानना है तो मेरे भाई उससे पूछो जिसे एक महीने की तनख्वाह नहीं मिली एक हफ़्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो मेरे भाई उससे पूछो जो अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है एक दिन की अहमियत जानना चाहते हो मेरे भाई तो उससे पूछो जो किसी का इंतज़ार कर रहा है और अगर आप एक मिनट की अहमियत जानना चाहते हैं तो मेरे भाई उससे पूछें जिसकी ट्रेन छूट गई है मेरे भाई एक सेकेंड की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछ लो जो किसी हादसे से बच गया हो और हर वक्त की अहमियत है कीमती है वक्त ये आपका ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफा जो है ना वो वक्त है टाइम है अपने प्यारों के लिए अपने कामों में से वक्त निकालते रहें कहते हैं ना लोग कि टाइम इज़ मनी तो टाइम बहुत कीमती होता है बहुत कीमती तो मेरे भाई इस टाइम को बर्बाद न